हमने भी प्यार किया था थोड़ा नहीं बेशुमार किया था हमारी तो जिंदगी ही बदल गई, जब उन्होंने कहा मैंने तो मजाक किया था